बाकी मुन्ना के भगवान जी भी पढ़ के पूजी ल हम की माफ कर दी के सारी जी हमरे की माफ कर दी